आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज नेचर स्ट्रीजर में आपका स्वागत है आज बात करेंगे करंज की पोंगामिया पिनेटा ये हाईली मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिनल के साथ साथ यह बायोडीजल प्लांट भी है इसके आप लीव्स देख रहे होंगे ये कंपाउंड इम्पेरी पिनेट लीव्स हैं फैबेसी का ये मेंबर है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपाउंड लाइक फ्लेवोनाइड्स फ्लेमोलिक कंपाउंडस पोंगामोल पोंगा फ्लेवोन आइसो पोंगा क्रोमिन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का तो ये समझिए कि वाइल्ड में एंटीऑक्सीडेंट का तो रिच सोर्स है ही मुख्य रूप से पित्त निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और पित्त से जनित विभिन्न प्रकार के रोगों में राममण औषधि का ये प्लांट कार्य करता है इसकी आप पॉड्स देख रहे होंगे ये जो पॉड्स हैं पॉड्स के अंदर सीड पाया जाता है इस तरह से इसका सीड होता है और सूखने के बाद ये सीड ब्राउनिश कलर का हो जाता है इस सीड के अंदर ऑयल पाया जाता है और इस ऑयल का स्किन प्रॉब्लम्स के लिए उनके निवारण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है यह जो ऑयल होता है विभिन्न प्रकार के स्किन ईचिंग होबियस की समस्या हो या गोनोरिया हो या फिर लेप्रोसी की समस्या हो उस पे भी इसका तेल अप्लाई किया जाता है हीलिंग बड़ी फास्ट करता है हर पीज़ वायरस वन वायरस टू दोनों में भी इस तेल को हम अप्लाई करते हैं और फास्टली इसकी हीलिंग होती है इस प्लांट के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एंटीफंगल वायरल एंटी फंगल एंटी लिशमेनियल और लिपोपोरॉक्सीडेज एक्टिविटी एंटी आर्थेटिक एक्टिविटी एंटी हाइपर इमिनोटिक एक्टिविटी पाई जाती है इस प्लांट को यूज़ करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो सिंपल आप इसके लीव्स का डिकॉक्शन लेंगे तो ये प्रोटेक्टिव, फ्री रेडिकल सिकमेंजिंग एक्टिविटी मैंने बताया इसके कारण ये पित्तजनित रोगों का निवारण करता है मैं कहूँ ब्रोंकाइटिस की समस्या है या अस्थमा की समस्या है उसमें भी लाभ करता है पेट में वम्ब हों उनको ये बाहर निकालता है वम्स के एक्सपल्सन का कार्य करता है इसकी जो स्टैम आप देख रहे हैं स्टैम का आप महीन महीनचूर्ण बना सकते हैं स्टैम की बार्क का महीन महीनचूर्ण बनाना चाहिए और अगर मूल का महीन महीनचूर्ण मिल जाए तो वो भी उत्तम होता है नॉर्मली कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मूल का चूर्ण औषधीय गुणों के लिए हम रिकमंड नहीं करते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं लीव्स होते हैं और स्टेम का जो बार्क होता है वो भी इतना ही इफ़ेक्टिव होता है तो इनके जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं मित्रों रोमेटिक आर्थराइटिस की भी समस्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई समस्या है इसमें जो इसके सीड से निकाला हुआ तेल है उसकी हमें मसाज करनी चाहिए और इसका बार का डिकॉक्शन भी हमें पैरलि पीते रहना चाहिए क्या करना है हमें 20 से 30 एम तक इसके छाल का डिकॉक्शन बनाकर पीना चाहिए अगर बाल उड़ गए हैं या फंगल एक्टिविटी के कारण या हार्मोनल एक्टिविटी के चेंज होने से तो आप इसके बीजों का पेस्ट भी बालों पे अपने स्केल्प पर लगा सकते हैं ताकि बाल आ जाएँ मित्रों इस प्लांट का जो ऑयल होता है वो हाइली मेडिसिनल है उसके अंदर एंटी अस्थेमेटिक एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एक्टिविटीज़ होती हैं और साथ ही साथ एंटी नोसीसेप्टिव एक्टिविटी भी होती है पित्त के कारण जो ट्यूमर बन जाता है ट्यूमर में जो पेन होता है उसके निराकरण के लिए इसके तेल की मसाज करनी चाहिए और साथ ही हमें इसके लीव्स और इसकी बार का डिकोक्शन भी पीते रहना चाहिए बीस से तीस एम दिन में दो बार इसकी बार का डिक्शन पीना चाहिए और उसमें स्वाद अनुसार हमें हनी मिला लेना चाहिए हनी के मिलाने से इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है इस्तेमाल करते हैं यह इसके जो बीज का जो पेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है वंडरफुल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कार्य करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप इसके पत्ों का इसके बार्क का इसके सीड का विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं साथ ही लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप हमें सात बजे के बाद कॉल करें तो ज़्यादा उत्तम होगा अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए या फिर कुछ आपको समस्याएँ हैं तो उसके निराकरण के लिए कहीं का सूजन हो गई है तो इसके पत्र को हमें बांध देना चाहिए और पत्र के ऊपर इरिड का तेल गर्म करके लगाना चाहिए और उसकी हमें ड्रेसिंग कर देनी चाहिए धीरे धीरे देखेंगे कि सूजन भी उतर जाती है वंडरफुल वाउंड हिलर भी है ग्लूकोस के लेवल को रेगुलेट करने वाला होता है इसके साथ साथ यह विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस हैं उनको भी क्योर करता है ना केवल ये बायोडीजल प्लांट है बल्कि ये हाईली मेडिसिनल प्लांट है इसको आप कन्ज़र्व कीजिए इसको लगाइए इसके गुणों को जानिए टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि सही स्पीशीज को हम यूज़ कर सकें ये जो जानकारी आपको दी है ये लोक हित के लिए है ताकि आप ये जानकारी और लोगों के साथ भी साझा करें और सभी लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें इस प्लांट का प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से सहजता से हो जाता है वंडरफुल प्लांट है एलिलोकेमिकल इफेक्ट इस प्लांट का होता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर आप कल्टिवेट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कल्टिवेशन के साथ करना ज़्यादा उत्तम होता है यह जानकारी है आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप सभी का धन्यवाद फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ प्रणाम नमस्कार